हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल आज हम बात करने वाले हैं डेटा ब्रीचिस के बारे में डेटा चोरी के बारे में क्या आप जानते हैं डोमिनोज के 18 करोड़ इंडियन कस्टमर का डेटा चोरी हो गया डेटा ब्रीच हो गया है क्या आप जानते हैं एयर इंडिया के 4.5 मिलियन इंडियन पैसेंजर का डेटा ब्रीच हो गया है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम बात करने वाले ई मेल से होने वाले फ्रॉड के बारे में और उसके बाद हम बात करने वाले वन टाइम पासवर्ड के बारे में अब हम बात करते हैं डोमिनोज़ की जो डोमिनोज में अठारह करोड़ इंडियन कस्टमर का जो डेटा ब्रीच हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं इज़राइल बेस फम के को के ट्वीट के आने के बाद उसमें पता चला कि एट्टीन करोड़ डोमिनोज के इंडियन कस्टमर का डेटा ब्रीच हो गया है जिसके अंदर ये तेरह टेराबाइट की पूरी फाइल थी थर्टीन टेराबाइट की इतनी बड़ी विशाल फाइल थी जिसमें एट 180 मिलियंस सर्चिस किए गए थे एक मिलियंस ऑर्डर थे और उसमें 18 करोड़ इंडियन कस्टमर का डोमिनोज के इंडियन कस्टमर अब बात ये आती है डोमिनोज के पास इतना सारा डेटा आया कहाँ से दरअसल जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने जाते हो या आप ऑफलाइन ऑर्डर प्लेस करने जाते हो ये आपसे आपका फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर क्रेडिट कार्ड की डिटेल जब आप पेमेंट के लिए जाते हो वो फिल करनी पड़ती है ये सारा डेटा इनकी सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है स्टोर हो जाता है उसके बाद जो तो डेटा लीक हुआ उनमें क्या क्या चीजें हैं आपका नाम है आपका फ़ोन नंबर है आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल हैं आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैं और जिस भी मेथड से आप पेमेंट कर, करते हो इनके अलावा वो सारी डिटेल सारी ब्रीच हो चुकी है इन डेटा के बदले में चार करोड़ रुपए की डिमांड की थी और डिमांड पूरी नहीं किए जाने पर उन्होंने पूरा का पूरा डेटा लेके साइट पर डाल दिया यानी कि पब्लिक डोमेन में डाल दिया आपने वो कहा कि हमारे ऑपरेशंस में हमारे बिजनेस में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई जो डेटा गया है वो तो कस्टमर का गया है तो आपके बिज़नेस से उसका क्या देता अब हम बात करते हैं एयर इंडिया के जो 4.5 मिलियन पैसेंजर का जो डेटा लीक हुआ है उसके बारे में एयर इंडिया के जो डेटा ब्रीचिज़ हुए हैं उसमें भी सेम ही डिटेल नेम एड्रेस मोबाइल नंबर लोकेशन ये और क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल ये सारी चीज़ें ब्रिक हुई हुई थी और उसके बाद जो कहता है कि हमने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को पहले से ज़्यादा इंप्रूव किया है पहले से ज़्यादा स्ट्रोंग किया है जिससे आने वाले फ्यूचर में इस तरह की घटनाओं को कम डेटा ब्रिचेस की पहली घटना नहीं है इससे भी पहले काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं पहली काफ़ी घटनाएं पहले घट चुकी हैं डेटा ब्रिच जैसे फेसबुक का आपने सुना होगा डेटा ब्रीच हुआ आधार कार्ड का डेटा ब्रीच हुआ और अनएकेडमिक का भी डेटा ब्रिच पहले हो चुका है ब्रिच को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है डेटा ब्रिच को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बना सकती है जिससे फ्यूचर में होने वाली इस तरह के ब्रिचेज़ को रोका जा सके लीगली और अब हम बात करते हैं ईमेल के थ्रू होने वाले फ्रॉड के बारे में याद कीजिए जब आपने कभी अपनी ई जब भी आप अपनी ई चलाते हो ई चलाते वक्त बहुत सी ईमेल ऐसी होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता बहुत सी ईमेल की जानकारियों के ईमेल के बारे में आपको नहीं पता जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, कृपया करके उस ईमेल को इग्नोर करें और उसको ना खोलें उस ईमेल के ओपन करने के बाद वो आपको किसी ऐसी साइट पर ले जाएगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं और हो सकता है वहाँ कोई फाइनेंशियल स्कैम हो जाए सतर्क रहे सावधान रहें इफेक्टिव यूज़ करें जो मेल आपको पता है जिस मेल के बारे में आपको जान जो मेल आपके काम से रिलेटेड हैं क्योंकि कुछ मेल ऐसी होती हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता क्योंकि ये डेटा चोरी के थ्रू किसी न किसी माध्यम से आपके फाइनेंशियल स्कैम के लिए आई हुई होती अब हम बात करने वाले हैं ओ के बारे में आखिर ये ओ होता क्या है आखिर इसका यूज़ क्या होता है दरअसल ओ वन टाइम पासवर्ड एक वन टाइम पासवर्ड है जो आपके मोबाइल पर जनरेट होता है जब आप कहीं भी पेमेंट करने के लिए जाते हो जैसे आप पिज़्ज़ा की पेमेंट करने के लिए जा रहे हो या किसी भी चीज़ की ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जा रहे हो चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू जा रहे हो या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जा रहे हो या किसी वैलेट के थ्रू जा रहे हो जब भी आप कोई पेमेंट करते हो ऑनलाइन तो आपके मोबाइल पर एक ओ पासवर्ड जनरेट होता है जो पाँच से आठ डिजिट का भी हो सकता है वो ओ पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर ना करें उस ओ पासवर्ड पे बैंक भी यही कहता है कि इस पास जानकारी को आप किसी के साथ शेयर ना करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है हम अपने बारे में जानते हैं जितने भी फ्रॉड होते हैं जितने भी ब्रीचेज होते हैं जितने भी डेटा लीक्स होते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बना सकते हैं डी बना सकती है और हम क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं अपने कम से कम जानकारी दूसरों के साथ शेयर करें जब भी हम किसी चीज़ की पेमेंट करने जाएं या जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने जाएं हो सके तो कम से कम जानकारी दें कभी कभी लिखा होता है कि यहाँ पर फोन नंबर डालना अनिवार्य नहीं है या ऑप्शनल है तो वहाँ पे ये चीज़ ना डालें तो जितनी कम जानकारी हम किसी को देंगे उतने ही ज़्यादा हम खतरे से बच सकते हैं वो सी कोड किसी के साथ शेयर ना करें क्रेडिट कार्ड के साथ एक सीवीवी कोड होता है उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है ये जो कॉन्फिडेंशियल चीजें है ये किसी के भी साथ शेयर ना करें दो पंद्रह से 2021 के बीच का 18 करोड़ इंडियन कस्टमर का डेटा लीक हुआ और एयर इंडिया के 2011 से 2021 के बीच के 45 लाख लोगों का डेटा लीक हुआ सावधान रहें सतर्क रहें सावधान रहें और सतर्क रहें ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देखो तो ये वीडियो, हमारी वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा